नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सपने और हकीकत में तो आज हम बात करने वाले हैं यदि आपको सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं तो इसका क्या अर्थ है जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो माँ लक्ष्मी हैं वह धन की देवी हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि माँ लक्ष्मी ने आप पर कृपा की है और माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली है दोस्तों आप जो भी कार्य धन से संबंधित करते हैं उसमें बरकत होगी मां लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बरकत मिलेगी आपकी प्रगति होने वाली है और आपके घर पर धन आगमन होने वाला है आपको भविष्य में जल्द ही धन से संबंधित कई सारे लाभ होंगे इस समय में आपको चाहिए कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें अर्चना करें उनकी उपासना करें हो सके तो मंदिर भी जाएँ क्योंकि माँ लक्ष्मी के सपने में आने का जो फल है उनकी पूजा अर्चना करने से आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगा तो माँ लक्ष्मी का नाम जपते रहें और माँ लक्ष्मी जैसे कि हम सब जानते हैं धन के साथ साथ शुभता की देवी भी हैं तो आपके घर में खुशियाँ भी आने वाली हैं धन्यवाद माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहें